छिंदवाड़ा के प्रभारी और कृषि मंत्री कमल पटेल बेटी खुशी कुकरेजा के निवास पर पहुंचे जहां उन्होंने खुशी के देश में पांचवा और मध्य प्रदेश में सीबीएसई बी ट्वेल्थ में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शुभकामनाएं और बधाई दी वहीं उन्होंने तामिया की भावना डेहरिया को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आरोप तिरंगा फहराने आरोप बधाई दी कृषि मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा की बेटी खुशी कुकरेजा को देश में पांचवा और मध्य में सी बी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी उन्होंने खुशी का शाल और श्रीफल से सम्मान के साथ माता पिता अभिभावकों का भी सम्मान किया मंत्री पटेल ने बेटिया को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए किसी भी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया है वहीं उन्होंने छिंदवाड़ा की ही दूसरी बेटी भावना डेहरिया के माउंट एलब्रुस तिरंगा फहराने पर कहा की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया की बेटी भावना डेहरिया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रूस में माउंट एलवरुस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया है मैं उन्हें इस रिकॉर्ड उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। एवरेस्ट विजेता भावना समुद्र तल से 5,642 मीटर की ऊंचाई वाली यूरोप की इस चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंची है ये बहुत खुशी की बात है आज छिंदवाड़ा की हमारे कुकरेजा परिवार की बेटी खुशी जिसने नन्यानवे अंक लाकर छिंदवाड़ा प्रदेश का नाम पूरे देश में गुणवानित किया उसी प्रकार आज पंद्रह अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव पूर्ण होने पर छिंदवाड़ा की बेटी भावना ढेरिया ने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर और तिरंगा फहराकर भारत का नाम गौरवान्वित किया छिंदवाड़ा का तो किया ही प्रदेश का और देश का मैं उनको बधाई देता हूं और पूरे छिंदवाड़ा जिले के नागरिकों को भी बधाई देता हूं कि छिंदवाड़ा का नाम उन्होंने पूरे विश्व के अंदर गौणवान्वित किया उसके लिए बहुत बहुत, बहुत बधाई और शुभकामनाएं